हे हेलो गईज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगरबत्ती पैकिंग बॉक्सेस के बारे में क्योंकि आपने बहुत सारी टाइप की बॉक्सेस हमारे चैनल के ऊपर देखी होंगी कस्टमाइज रेडीमेड वगैरह वगैरह बहुत तरह की बॉक्सेज हम लोग पहले भी अपने चैनल पर दिखा चुके हैं परंतु आज के इस वीडियो में हम लोग आ, बात करने वाले हैं बॉक्स की क्या प्राइस पड़ने वाली है अलग अलग क्वान्टिटीज के हिसाब से यदि आप अपने ब्रांड का बॉक्स बनवाते हो यदि आप अपने ब्रांड का बॉक्स बनवाना चाहते हो और आपका बजट कम है तो क्या जो प्राइस है बॉक्स का वो आपके बजट में फिट बैठ सकता है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कहीं भी मिस मत करिएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करना चाहूँगा आपसे एक विनम्र निवेदन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल लेकर को जरूर प्रेस कर दे क्योंकि इस चैनल के ऊपर अगरबत्ती उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेके आते रहते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है लोगों के लिए तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टाइप की बॉक्सेज के बारे में बात करने वाले हैं इसकी क्या प्राइस रहने वाली है क्या क्वालिटी है इस बॉक्स की इस बॉक्स की जो ये पेपर आप देख रहे हो बोर्ड देख रहे हो ये कितने जी की है प्लस क्या क्वालिटी है इसकी आपको कितनी क्वांटिटी बनवानी होगी आप मिनिमम कितनी क्वांटिटी बनवा सकते हो कितनी क्वांटिटी बनवाने पे क्या प्राइस वगैरह पड़ेगी तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कसन करेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कहीं भी स्किप मत करिएगा तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये बॉक्सेज है विदाउट लेमिनेशन बॉक्सेज है बट क्वालिटी काफ़ी फाइन है इस बॉक्स का चमक काफ़ी अच्छा है विदाउट लेमिनेशन होते हुए भी तो अभी हम हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं साइज़ वग़ैरह देखते हैं क्या रहता है इस बॉक्स का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्राइसेज वगैरह बताने वाला हूँ बॉक्सेज वो एक लिमिटेड टाइम तक ही वैलिड रहेगी क्योंकि रॉ मेटेरियल्स वगैरह की जो प्राइस होती है वो अप डाउन होती रहती है तो प्राइस भी अप डाउन होते रहते हैं ठीक है तो जो मैं इस वीडियो के अंदर प्राइस बताऊँगा वो बीस अगस्त तक वैलिड रहेगा उसके बाद ये प्राइस वैलिड नहीं रहता है आ, यदि आप 20 अगस्त के बाद ये वीडियो देखते हो हमारा तो आप करेंट प्राइस जो भी होगा आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो प्राइस ले सकते हो बाकी अगर 20 अगस्त से पहले यदि आप तक ये पहुंचता है तो आप सेम प्राइस पे हमसे ये बॉक्स बनवा सकते हो ठीक है तो ये जो बॉक्स आप लोग देख पा रहे हो इस बॉक्स की जो साइज़ है ये लंबाई ये दस इंच है और इस बॉक्स की जो चौड़ाई है ये ये सवा दो इंच है दो दशमलव दो पाँच इंच इसके बाद इस बॉक्स की जो मोटाई होती है ये ये ज़ीरो दशमलव सात इंच है लंबाई टेन इंचज चौड़ाई टू पॉइंट टू फाइव इंचज और मोटाई जीरो पॉइंट सेवन इंचज और इस बॉक्स की जो बोर्ड है वो काफ़ी फाइन क्वालिटी की बोर्ड इसके अंदर यूज करी गई है और 280 GSM की बोर्ड है ये ठीक है जो कि इस साइज़ के हिसाब से काफ़ी बेहतर माना जाता है 280 GSM का बोर्ड आपके बॉक्स को काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ देता है काफ़ी मजबूती प्रदान करता है तो इस साइज़ के हिसाब से बेहतरीन चीज़ होता है ठीक है अभी अब हम लोग बात करते हैं कि आप ये बॉक्स कितना मिनिमम बनवा सकते हो हमारे पास तो बॉक्स अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा बनवाओगे प्राइस इसका उतना कम होता जाएगा क्वांटिटी आप जितना कम करेंगे उसका प्राइस उतना कम ज़्यादा होता जाएगा ठीक है बॉक्स की क्वांटिटी आप जितना ज़्यादा बनवाएंगे बॉक्स की जो प्राइस है पर पीस वो कम होती जाएगी और बॉक्स की क्वान्टिटी आप जितना कम करेंगे बॉक्स की जो प्राइस होती है पर पीस अब वो बढ़ती जाएगी तो इस चीज़ को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है तो अभी अब हम लोग इसका क्वांटिटी वाइज प्राइस समझ लेते हैं यदि ये बॉक्स इस टाइप की बॉक्स ये इनर बॉक्स होता है इस टाइप का इनर बॉक्स यदि हम लोग मिनिमम साठ हज़ार पीस बनवाते हैं ठीक है तो जो इस बॉक्स का प्राइस होने वाला है वो एक रुपया तीस पैसा प्रति पीस रहने वाला है सिक्सटी थाउजेंड यदि आप ये बॉक्स मिनिमम बनवाते हो तो एक प्रति पीस के हिसाब से इसका प्राइस रहेगा यदि आप ये बॉक्स मिनिमम छत्तीस हजार पीस बनवाते हो तो इस बॉक्स का जो प्राइस होगा एक रुपया पैंतालीस पैसा प्रति पीस रहेगा यदि आप ये बॉक्स थर्टी सिक्स थाउजेंड पीसेज बनवाते हो तो इसका प्राइस वन पॉइंट फोर फाइव रुपीज़ रहेगा डिजाइन आपको ये छत्तीस हजार पीस के अंदर भी चार डिज़ाइन बन मिलेगा और साठ पीस के अंदर भी ये आपको सात डिजाइन ही बन मिलेगा मतलब साठ हज़ार पीस बॉक्स यदि आप बनाते हो फिर भी आपका ये चार डिजाइन रहेगा छत्तीस हजार पीस बॉक्स के ऊपर भी चार डिजाइन ही रहेगा इसके अलावा और हम लोग नीचे की क्वांटिटी में आते हैं जैसे यदि आप ये बॉक्स अठारह हजार पीस बनवाते हो ओनली अठारह हजार पीस यदि आप ये बनवाते हो तो इसका जो प्राइस होगा वो एक प्रति पीस के हिसाब से आएगा और अठारह पीस बॉक्सेज के अंदर आपको इस टाइप की बॉक्स की दो डिजाइने बना की दी जाएगी इसके अलावा यदि आप ये बॉक्स 12000 पीस बनवाते हो तो 12000 पीस भी बन जाएगी और इसकी जो प्राइस है वो एक रुपया सत्तर पैसा प्रति पीस के हिसाब से आएगी और इस 12000 पीस बॉक्सेज के अंदर जो डिज़ाइन होगी वो एक डिज़ाइन ही बनके आपको मिलेगी एक बार मैं सारी चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ ये बॉक्स यदि आप मिनिमम साठ पीस बनाते हो सिक्सटी पीसेस तो इसका प्राइस आपको एक प्रति पीस रहेगा वन पॉइंट थ्री रुपीज पर पीसेज जिसके अंदर की आपको चार तरह की डिजाइनें साठ हज़ार पीस बॉक्स के अंदर बना के दी जाएगी यदि आप मिनिमम छत्तीस हज़ार पीस बनवाते हो यदि आप मिनिमम थर्टी सिक्स थाउजेंड पीसेज बनवाते हो तो प्राइस रहने वाला है वन पॉइंट फोर फाइव रुपीज़ पर पीस एक रुपया प्रति पीस छत्तीस पीस बॉक्स के अंदर भी आपको चार तरह की डिजाइनें बना के दी जाएंगी यदि आपकी मिनिमम क्वांटिटी 18,000 पीस रहता है 18,000 थाउजेंड पीसेज तो इसका जो प्राइस है वो आपको एक साठ पैसा प्रति पीस पड़ेगा और इस 18,000 पीस बॉक्स के अंदर दो डिजाइनें आपको बना के दी जाएंगी 18,000 पीस बॉक्स बनवाते हैं तो एक साठ पैसा प्रति पीस प्राइस होता है और दो डिजाइनें बॉक्स बना के आपको दी जाएगी यदि आप यही बॉक्स 12,000 हज़ार पीसेज बनवाते हो तो एक रुपया सत्तर पैसा प्रति पीस के हिसाब से आपको इसकी प्राइस आएगी और एक डिज़ाइन आपको इसमें बनके मिलेगी तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे इनर पाउच अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से क्या प्राइस पड़ता है तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि क्वांटिटी बॉक्स की हमारी जितनी ज़्यादा होगी बॉक्स की जो प्राइस है वो उतनी कम होगी ठीक इसी तरह इसका जो आउटर बॉक्स होता है आउटर बॉक्स इस टाइप के बारह छोटे छोटे बॉक्स को डालने के लिए जो बड़ी वाली बॉक्स आती है इस टाइप के छोटे छोटे बॉक्सेज को डालने के लिए जो बड़ी वाली बॉक्स आती है जो ये अपनी आ, ये बॉक्स है देख पा रहे हो आप लोग इस टाइप का जो आउटर बॉक्स होता है तो इसके प्राइस वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं जैसा कि हमने इनर का कुछ स्पेसिफिकेशन देखा था साइज जीएसएम वगैरह तो ये जो अपना आउटर है इसका साइज इनर के हिसाब से ही रहेगा कि इस टाइप का 12 इनर बॉक्स इस बॉक्स के अंदर आ जाए ठीक है तो आपको इसका साइज इंच में समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आ, बोर्ड की क्वालिटी को हम लोग समझ लेते हैं फाइन क्वालिटी की बोर्ड रहेगी विदाउट लेमिनेशन बोर्ड रहेगी दो सौ की बोर्ड रहेगी ठीक है आ, आउटर यदि आप मिनिमम पाँच हज़ार पीस बनवाते हो फाइव थाउजेंड पीसेस यदि आप बनवाते हो तो प्राइस चार रुपया अस्सी पैसा प्रति पीस करके आएगा यदि आप आउटर दो हज़ार पाँच सौ पीस बनवाते हो और टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पीसेज यदि आप बनवाते हो तो जो प्राइस है वो पाँच रुपया पचास पैसा प्रति पीस करके आएगा ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ यदि आप आउटर 5000 पीस बनवाते हैं तो प्राइस चार रुपया अस्सी पैसा प्रति पीस करके आएगा यदि आप आउटर 2500 पीस बनवाते हैं तो प्राइस पाँच रुपया पचास पैसा प्रति पीस करके आएगा 2500 पीस से कम आउटर आप नहीं बनवा सकते हैं यदि इससे कम आपका क्वांटिटी हो तो आप सिर्फ इनर बॉक्स बनवा लेना चूँकि अगर इससे भी कम बनाने लग जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और आपके बजट में नहीं रह पाएगा अगर आप इससे कम बनवाते हो तो फिर आप एफोर्डेबल प्राइस पे मार्केट में अगरबत्ती अपने रिटेलर को अपने कस्टमर को नहीं दे पाओगे ठीक है तो इससे कम क्वांटिटी की आप सोचना भी मत बाकी आप कोशिश रखना कि आप जितना मैक्सिमम क्वांटिटी बनवा सकते हो उतना ही बनवाओ चूँकि प्राइस गेम बहुत बड़ा गेम होता है मार्केट के अंदर आप जितना सस्ता कोई भी चीज़ बनाओगे उतने ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप अपने कस्टमर को दोगे तो कस्टमर का ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा आपके प्रति ठीक है तो यदि आप ये बॉक्स बनवाना चाहते हैं हमारे माध्यम से तो डिस्प्ले के ऊपर हमारा कांटेक्ट डिटेल चल रहा है आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर हमने ये वाला वीडियो देखा है आपका और इस टाइप की बॉक्स हमें बनवानी है क्वान्टिटी प्राइस सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसा जो आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मुजफ्फ़रपुर बिहार में हमारा ऑफिस है आ, आप यदि चाहें तो कभी भी मंडे टू सैटरडे हमारा ऑफ़िस खुला हुआ होता है टेन टू फाइव आप आके विज़िट कर सकते हैं ध्यान रहे कि आने से पहले एक बार कॉल ज़रूर कर लें आ, यदि आप आ पाने में सक्षम नहीं है हमारे ऑफिस पे, तो आप फ़ोन कॉल के माध्यम से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं अपने लिए बॉक्स बनवा सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल हमारा दिया ही हुआ है आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं इसके अलावा एक और आवश्यक सूचना जो कि पहले हमने बताया था कि इस वीडियो के अंदर हमने जो भी प्राइस बताया है वो केवल बीस अगस्त तक ही वैलिड है यदि आप ये वीडियो बीस अगस्त के बाद देखते हो बीस अगस्त दो के बाद यदि आप ये वीडियो देखते हो तो ये प्राइस वैलिड नहीं रहेगी आप तत्काल प्राइस जो भी रहेगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से पता कर लेना इसके अलावा यदि अगरबत्ती से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो बहुत सारी वीडियोज़ हमने बना के रखी हुई हैं अगरबत्ती उद्योग की अलग अलग समस्याओं के ऊपर कि उसका क्या सोल्यूशंस वगैरह हो सकते हैं तो आप ज़रूर देखिए जाके वीडियो काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगा इसके अलावा यदि कोई भी अन्य मेटेरियल वगैरह आप हमसे लेना चाहते हो लाइक परफ्यूम प्रीमिक्स बाम्बू स्टिक या अन्य कोई भी मशीनरी वगैरह कुछ भी पैकिंग मशीन अगरबत्ती मैकिंग मशीन धूप मैकिंग मशीन कुछ भी लेना चाहते हो अगरबत्ती इंडस्ट्री से संबंधित तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहती हैं तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी वैल्यूबल जानकारी दे पाया हूँ मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद